हेलो गाइज वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल तो आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं कि किसी भी फोटो का बैकग्राउंड कैसे हटाएं कैसे डिलीट करें बैकग्राउंड फ़ोटो का तो सबसे पहले आपको जाना होगा इसके लिए टिक्सा टाइप में पिक्सा टाइप में जाने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस था इसको लेगा प्लस आइकन पर क्लिक करना एडिटेड फ़ोटो पर टाइप करना टाइप करने के बाद कोई फोटो सेलेक्ट करना जिसका भी बैकग्राउंड हटाना है उसको सेलेक्ट कर लेना जैसे हम मेरा ये हटाना था इसको सेलेक्ट कर लेकिन पर क्लिक करना टूल्स एपके क्लिक करने के बाद फ्री क्रॉप का एक ऑप्शन आएगा क्रॉप फ्री क्रॉप फ्री क्रॉप पर क्लिक करने के बाद पर्सन फेस क्लॉथ स्काई अब पर्सन करेंगे तो पर्सन को ले लेगा फेस करेगा तो फेस तो पर्सन कहते हैं पर्सन को लेना है तो तो देखिए ये हटा दिया तो वैसे हटता था एक क्रॉप थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो